तो बड़ी कुछ ट्रेडर्स जो मार्केट में अभी कदम रखने वाले होते हैं जो बिगनर्स होते हैं वो अक्सर कर ये मिस्टेक करते हैं वो सीखने की वजह और टिप्स या कॉल्स पर फोकस करते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें कहीं से कॉल या टिप्स मिल जाए किसी टेलीग्राम चैनल से और हम वहाँ से अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं एक दो बार वो प्रॉफिट जनरेट भी कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन वो हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने लॉसिस में रहते हैं तो भाई मैं इसलिए बोलता हूँ भाई ट्रेडिंग कोर्स सीखो ना कि भाई टिप्स और एडवाइस पर काम करो और दूसरी बात जो लोग भाई मेरे साथ ट्रेडिंग में कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं वो भाई इस नंबर पर मैसेज करें और ट्रेडिंग कोर्स की फीस जमा करके आप हमारे साथ ट्रेडिंग में कोर्स में शामिल हो सकते हो और दूसरी एक और बात जो लोग भाई ये सोच के मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर कोई हमें टिप्स या एडवाइस देंगे तो भाई स्ट्रिक्टली आई एम नॉट एवेलेबल फॉर द टिप्स एंड एडवाइस मेरी स्टूडेंट्स की और मेरी स्ट्रेटेजी सेम हो सकती है लेकिन मैं भाई मेरे स्टूडेंट्स वो खुद से काम करते हैं मार्केट में हमारी कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेम मैच नहीं होती इक्का दुका की मैच हो जाती है लेकिन हर स्ट्राइक प्राइस मैच नहीं होती है तो बड़ी पहले आपको ट्रेड करना सीखना पड़ेगा भाई ट्रेडिंग कोर्स में जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही कोर्स ज्वाइन करो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उनका कोर्स ज्वाइन कीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो भाई कॉल टिप्स पर काम मत कीजिएगा